तो बहुत बेसिक पूछा जाएगा हालांकि डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी तो बहुत डिफरेंट किस्म की अकाउंटिंग होती है बहुत मुश्किल अकाउंटिंग होती है लेकिन जो तुम पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी सब्सिडरी आपने पूरी बेच दी सही? डेट इज हंड्रेड परसेंट डिस्पोजल अगर 80% परसेंट मैंने शेयर किए थे तो हंड्रेड का मतलब मैंने पूरी 80 जी। 60 एक्वायर तो okay. एक तो तो भी रिकॉर्ड होती है और ग्रुप अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड होती है तो इसी तरह जब हम कोई सब्सिडरी बेचेंगे तो सब्सिडरी की इंडिविजुअल बुक्स में भी कैलकुलेट होगा और ग्रुप अकाउंटिंग में भी कैलकुलेट होगा तो ये इंडिविजुअल बुक्स में तो बहुत आसान है सही है ओके इंडिविजुअल बुक्स में हम हम क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि हमने को कितने का बेचा फॉर hmm. एग्जांपल हमने सब्सिडरी को बेचा 200 मिलियन का यानी कि सब्सिडरी hmm. बेच दी हमने 200 मिलियन में जी उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो कैरिंग अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट की यानी की इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास थी उस इन्वेस्टमेंट को हमने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ था जी जी सर तो ये ये ये ये 120 मिलियन का क्या आ गया गेन ऑन अच्छा जो जो जो पीछे सिस्टम ये जो, ये जो हमारे पास चल रहा है ना ये वाला जी बेसिकली आई एफ आर एस नाइन है तो, क्योंकि 9 में हमने ये पढ़ा है की हम इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं हर साल उसकी फेयर वैल्यू में जो चेंज आता जाता है इन्वेस्टमेंट में प्लस माइनस करते जाते हैं और उसके बाद जब वो इन्वेस्टमेंट बिक जाएगी तो सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर लेंगे वैल्यू से, अगर ज्यादा तो गेन आ जाएगा और अगर कम सेलिंग प्राइस होगी तो लॉस आ जाएगा अगर ग्रुप अकाउंटिंग में मुझे गेन और लॉस निकालना है तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि यार ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर गेन और लॉस कैसे निकलेगा और इसका अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और, में और बैलेंसिंग में okay. तो तो मेंॉस तो निकालने का एक फॉर्मेट तुम्हें बनाना पड़ेगा उसके अंदर तुम सबसे पहले क्या बेचा जी और इसके अंदर से तुम कुछ चीजें माइनस करोगे मसलन ऑफ सब्सिडी एट डिस्पोजल डेट ये माइनस करोगे जी सर सही जी अच्छा और जितनी भी गुडविल बाकी बची हुई होगी अनइम्पेयर्ड गुडविल वो भी माइनस हो जाएगी जी और एन डिस्पोजल डेट पे जो होगा वो ऐड हो जाएगा ये तो फॉर्मेट होगी ओके सात एक मिनट रुकोगे ने आज, आज तो तो आज आज के लिए गए थे हम्म याद है अच्छा जी जी चलें तो ये फॉर्मेट तुम में में रखो ओके सेल कितने सब्सिडरी बेची आ? जिस वक्त सब्सिडरी बेची उस वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे सही है बाकी बची हुई गुडविल कितनी थी अगर गुडविल सारी की सारी इम्पेयर हो गई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा और जिस वक्त सब्सिडी बेची उस वक्त एनसीआई कितना था सर अगर, अगर अगर क्या बोलते हैं, अगर पेरेंट के पेरेंट के, पेरेंट के पास का है और रिमेनिंग होगा एनसीआई के पास तो उसके लिए इम्पेयरमेंट कौन लगाऊंगा पेरेंट जो मैं सर रहा था उस पर तो एक प्रॉब्लम में एक आधा परसेंट लिया हुआ एक परसेंट लिया है आधा परसेंट हुआ पहले तो मे आइडेंटिफाई करना है की गुडविल जो कैलकुलेट हुई है या फुल से कैलकुलेट ओके पाँच हो गए तो अलग अलग होगा अलग बिल्कुल ओके सही सर अच्छा अब मसला ये है कि सबसे बड़ा जो इशू आता है वो पहले कैल, कैलकुलेशन कैल कर लेते हैं ना फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आता है अच्छा उससे पहले बता दूँ तुम्हें कि इसका ट्रीटमेंट ये होता है के जो भी गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ना गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी जो ग्रुप अकाउंटिंग वाला गेन ऑन लॉस वो गेन और लॉस या तो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे या फिर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी जी अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये गेन और लॉस कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ओके okay. सही है? जी। जिस पॉइंट के ऊपर सब्सिडी खत्म हो जाती है ना उस दिन से कंसोलिडेशन का प्रोसेस रुक जाता है। उस दिन से जिस दिन सब्सिडी आपने बेच दी उस दिन से सब सब्सिडी वाली अकाउंटिंग खत्म ओके okay. सही है? अच्छा बैलेंस शीट अगर बना रहे होंगे एसएफपी अगर बना रहे होंगे तो एसएफपी के अंदर ये जो गेन होगा रिटर्न अर्निंग के अंदर डालेंगे कॉन्सोलीटेड रिटर्न अर्निंग ओके अगर गेन होगा तो ऐड कर देंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस माइनस कर देंगे सही है जी अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सिर्फ मैंने फाइनल अकाउंट में देखा था लाइक एक बार गोत्रुक किया था कैप्टन से बोस बोस से जो एडजस्टमेंट है रिपीट रिपीट होते हैं क्या पूछेगा एग्जामिनर बार बार यार एक ही तो होती है लाइक मैं मैं जो मसलन जो भी देखा तो लाइक एक बार गोत्रुक गया थाउंट पे मसलन सेम से है देखो ज्यादातर जो एडजस्टमेंट आती, तो आती है ना तो एडजस्टमेंट नॉन जो पी -पी का आएगा सबसे सबसे ज़्यादा आई आर एस पीपी की आती है जी उसके बाद डेफर टैक्स की आती है टैक्स की आती है जी वो तो ओके सही है? उसके बाद और उसके साथ जो अदर एडजस्टमेंट में आती है है, है, तो वो कभी 36 कभी कभी पूछ पूछ लेता लेता क्या हाँ. उसमें लिखा होता की पता क्या होता है वो इसलिए होता है कि तुम्हें याद है हमने कल हाँ। आईएफआरएस पढ़ा था जी तो आईएफआरएस के अंदर कहते थे ना अगर दो ट्रांजैक्शन होगी तो प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा हां तो पहले आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालेंगे तो प्राइस निकालते हाँ। हुए आपको बता देगा कि जी कॉस्ट दी हुई है मार्कअप दिया हुआ सेलिंग प्राइस नहीं बता रहा इसलिए हम लोग परसेंट निकालते तो वो अलग है ये अलग है हां लोग सेलिंग प्राइस जो कंजेशन में, में वो सेमसेम से होगा हो क्या कैलकुलेशन तो सेम सेम हो होती है। एक सेकंड सो ये ये काम करना अब एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी है, है, इसके अंदर ऊपर वाले जो फॉर्मेट सारे हम यूज़ कर लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितनी कितनी परसेंट शेयर्स हमने जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, एनसीआई वन, सही हैसेट नाइनटी हंड्रेड है गुडविल इंपेयर्ड नहीं सबसे पहले तो गुडविल निकाल लेते हैं फुल गुडविल मेथड से गुडविल निकाले जी सो so, सर एक बात बताइए हमने फुल गुडविल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमें कितना पता चलना लिखा हुआ होता सवाल में अब ये सवाल में कौन होता? सा कौन सा वर्ड लिखा हुआ होगा जिसे तुम आइडेंटिफाई करोगे फुल गुडविल है जैसे तो आप बोलो कौन सा वर्ड कोई कर लेंगे वर्ड सी आई इज टू बी मेजरड एट फेयर वैल्यू उससे हम लोग अकाउंटिंग में ना फॉर्मेट सारे बहुत इम्पोर्टेंट है अगर जी जी तो वैल्यू खुद ब खुद आई जाती है आ, ये माइनस हो जाएगा तो so ये आ गया आपके पास 1900। नाइनटीन 1900। जो हंड्रेड जो जो पार्शियल क्या होता है? एक सेकिन, एक सेकंड सेकंड। अच्छा जी डिफरेंस निकालो गुडविल एक्ट Acquisition, कितना होगा? I think 900 होगा. जी. Unimpaired तो यही, यही होगी। जी। जी। है ना? तो ये के के ऊपर जो अंदर हमने डाला था Sale and net asset subsidiary disposal date. सही है? हुँ. और सेल कौन सा होगा सेल सेल भी तो, अप्राइस अप्राइस भी दी होगी ना तो डिस्पोज्ड ऑफ ऑफ ऑल डॉग फॉर अ प्राइस जी नेट एसेट उस पर इतने थे एनसीआई नहीं है अच्छा एनसीआई जो होता है ना वो डिस्पोजल डेट के ऊपर निकाला जा सकता है एनसीआई कैलकुलेट करना तो आता है तो डिस्पोजल डेट एनसीआई निकालने के लिए क्या करते हैं ऑफ एनसीआई एट जी पोस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट अच्छा कहां से कहा तक लेंगे जो परसेंट कितना रिमेनिंग बचा होगा पोस्ट पोस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट से कहां तक लेंगे नेट तो डिस्पोजल डेट पे नेट एसेट 2400 के और एक्विजिशन पे थे 1900 के माइनस कर दोगे और एनसीआई की जो परसेंटेज है पैरेंट की परसेंटेज थी 70 तो एनसीआई था 30% 30 ये होगा 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 150 जी सही तो है अब हम निकालते हैं मजे से निकल आएगा सर एक्चुअली हम लोग में तो आधा काम हो गया लगा तो। बिल्कुल सेल प्रोसीड 3000 जी सही है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी एट डिस्पोजल डेट वो दीवी थी ही ट्वेंटी फोर अच्छा जी 2400 सही है एन सी आई एट डिस्पोजल डेट वन फिफ्टी और अन्यड गुडविल गुडविल कितनी थी 900 की छह सौ पचास माइनस में प्लस में।, जैसा आ रहा है, सर। प्लस में आ रहा है प्लस में आ रहा है जी सेलिंग प्राइस 3000 की है ये और 2400 600 बचा 850 900 माइनस करोगे तो आंसर प्लस में कैसे आएगा तो आप में माइनस में लिखा उधर ये लिखा हुआ है काली माइनस ये रहा एफवी ऑन नेट एसेट ब्रैकेट में अनअंपायर्ड गुडविल ब्रैकेट में जी सर अभी माइनस में मुझे तो प्लस दिख रहा था कौन से टिक में है सर कितना 150 150 आ, कैसे रहा रहा है है है है अच्छा माइनस आ रहा है। 150 का लॉस ऑन डिस्पोजल और ये पीएनएल में में चला चला जाएगा या रिटेन ठीक तो जी सर तो इतनी सी कैलकुलेशन है इस तो है जी तो ये हो गया हमारा